नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कंप्यूटर के तरी एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों मैं आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूं दोस्तों अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना लगे तो मत करिएगा चलिए दोस्तों मैं अपने फोटो एडिटिंग के बारे में बताता हूँ कि मैं अपना फ़ोटो एडिटिंग कैसे करता हूँ उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है और उसका नाम भी बताऊंगा और कैसे डाउनलोड करना हो और उसमें कैसे आपको एडिटिंग करनी है स्टेप बाई स्टेप चीज़ें आपको उस वीडियो में सीखना होगा क्योंकि आजकल हर कोई को सेल्फ़ी की शौक़ लगी हुई है हर कोई चाह रहा है कि फ़ोटो मेरा अच्छा हो बैकग्राउंड अच्छा हो तो आज मैं स्पेशली बैकग्राउंड कैसे चेंज करें इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आप लोग ज़्यादा समय ना लेते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं <coughs> दोस्तों मैं आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बोलूँ या डाउनलोड करवाऊँ इससे पहले जो मैंने इस सॉफ्टवेयर से फ़ोटो एडिटिंग किया है फ़ोटो बनाया है पिक्चर जो मैंने एडिटिंग किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं अपना गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ ये देख लीजिए मैंने इसी सॉफ्टवेयर से जो सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूँ इसी से मैंने एडिटिंग किया हुआ अपने दोस्त का फोटो है जैसे कि ऐसा लग रहा जैसे लड़का सोफा भी बैठा हो ये देखिए ये लग रहा जैसे चेयर पर बैठा हो और भी दिखा देता हूँ ये देखिए ये देखिए ये देखिए आप इससे भी अच्छा सॉफ्टवेयर एडिटिंग कर सकते हैं मुझसे भी अच्छा क्योंकि इसमें आप की इच्छा है तो मैंने जल्दबाजी में किया हुआ है ये देखिए थोड़ा जुम करके कर दिखा देता हूँ जैसे लग रहा है मैं चेयर पर ही खड़ा हूँ ये देखिए थोड़ा ये सबसे सबसे अच्छा एडिटिंग मैंने इस फोटो को किया हूँ थोड़ा इसमें टाइम लगा लेकिन अच्छा फोटो एडिटिंग देखिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है यहाँ से आपको जाना है प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पर सर्च करना है ऑटो बैकग्राउंड इरेजर बैक कर लेता हूँ पहले ये देखिए मैंने पहले से टैपिंग किया हुआ हूँ आटो बैकग्राउंड इरेजर एप्स तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ए वाला जो आपको ये आईकन दिखाई दे रहा है ना ए वाला करना है पाँचवें नंबर पर जो दिखाई दे रहा है आपको फिफ्थ नंबर पर दिखाई दे रहा ये रहा तो इसको मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है इससे यहाँ पर मुझे ओपन दिखा रहा है लेकिन आप लोग के यहाँ इंस्टॉल दिखाएगा इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग ठीक है अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में एडिटिंग एक फोटो में आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इसका कुछ इंटरफेस आपके आइकन ऐसा दिखाएगा आपके मोबाइल में जैसे ये मेरे पर दिखा रहा है वैसे ही इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मैं कोई साइ फ़ोटो ले लेता हूँ एक मैं इसी फोटो को ले लेता हूँ ये मेरा एक फ्रेंड का दोस्त है और इसी का एडिटिंग करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको क्लिक करना है आटो पर आटो पर ही देखिए ये बना हुआ दिखाई दे रहा है ऑटो आटो पे क्लिक करने के बाद ये प्लस का निशान आ गया आप देख सकते हैं प्लस के निशान पर आपको बार बार टेप करना है जहाँ भी आपको करना है लेजर के देख ऐसे करके रिमूव कर देगा दोस्तों जब इतना ही रिजेर कर लो आप ये प्लस का आई का दे रहा ना ये यानी कि इसके अरे अगर ज़्यादा हो जाए कभी कभी जैसे आपको लगे कि नहीं जो मैंने कर रहा था ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ आप पैरों का निशान दे सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ ये पा एक ये रहा इस पर भी क्लिक करके बैक आ सकते हो ये, रहा। ये तो अब ये ऑटो हम पहले आटो मोड़ में कर रखा था आटो मोड़ में जिससे कि बहुत ज़्यादा रब करना था इसलिए अब थोड़ा थोड़ा रब करना है क्योंकि हम पूरा पास आ चुके हैं तो यहाँ रेजर पे क्लिक करेंगे ये देखिए रेजर पर रेजर पर रेजर पर, पर आपको आना है रेजर पे हमें ऑटो क्लिक नहीं करना है अब रेजर पे आकर आपको तरह एक ऐसा सर्कल बना हुआ दिखाई देगा और ये बिंदु से बिंदु दिखाई देगा आपको बिंदु बिंदु इसको पकड़ कैसे करना है इसका पास लेकर आगे रफ होगा ये देखिए हल्का हल्का हल्का हल्का सा वीडियो ऐसे काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों अगर मैं रब करूँगा तो जब नज़दीक में आ जाए तो आप दोस्तों बहुत आराम आराम से करिएगा जैसे मुंडी वगैरह कटाना बाल वगैरह हटाना मैं बिल्कुल आराम आराम से कर लेता हूँ अरे इस तरह मैं बनाऊंगा दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा मैं वीडियो को पुश कर थोड़ा इस्टॉप कर देता हूँ आप लोग देख सकते हैं कि इसका आस पास का जो एरिया था उसको मैंने रिमूव कर दिया अब मैं इसको बताता हूँ कैसे बैकग्राउंड को चेंज करना है इस पर क्या आप गैलरी में गए या कोई इसका इमेज लग सकते हैं ये ले रहा ये लगा सकते हैं यहाँ पर यहाँ खड़ा कर सकते हैं हालांकि मैंने ठीक से इसको बड़ा भी कर सकते हैं ये देखिए है। यहाँ से ये भी ले सकते हैं बिल्कुल ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये देखिए है। लेकिन अब आपको मैं गैलरी में लिखा कर से ले सकते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे और आपके पास मान दो बैकग्राउंड नहीं है आपके पास तो आप बैकग्राउंड डाउनलोड भी कर सकते हैं सीधा क्रोम से जाकर okay. और बैकग्राउंड कैसे आपको डाउनलोड करना है आपको मैं दिखा देता हूँ मैं मी मनीमाज कर लेता हूँ यहाँ से सर्च करना है क्रोम में जाना है आपको ये रहे क्रोम बाबा ये मैंने अपना उसका रखा है चैनल का लोगों डाउनलोड कर रखा है यहाँ सर्च करना है नेचुरल बैक नेचुरल बैक ग्राउंड एन टी यू आर ई एल नेचुरल बैकग्राउंड आगे ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास भी यहाँ जाने के बाद इमेज पर क्लिक करना ये ये है इमेज लिखा हुआ इमेज पर इस पर क्लिक करिएगा जो आप अपने भी फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं ये तुझे जो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे ये लग, ये लगाना चाहते हैं इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी करना चाहते हैं इसे इसे भी कर सकते हैं डाउनलोड कैसे करना है सिंपल सा इस पर टैप करके रखना है कुछ देर तक ये देखिए डाउनलोड इमेज इसका ऑप्शन आ जाता है आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड ओपन करके देख सकते हैं डाउनलोड कहाँ हुआ ये रहा ऐसे आप लगा सकते हैं इमेज वगैरह दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट करके पूछ, पूछ सकते हैं और दोस्तों ये बताइएगा ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा और आपको किस तरह से एडिटिंग करने का शौक है तो आप फ़ोटो अपने एडिटिंग कर सकते हैं और किसी प्रकार का आपका सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो भी बताइएगा और बेकार लगा तो भी बताइएगा लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा